व्हाट्सएप गाइज माई नेर वॉचिंग एनीम स्ट्रॉ तो गाइज आप लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर काफ़ी सारे कमेंट्स किए कि डेटोस को क्या हो गया आखिर डेटोस के चैनल का नाम चेंज क्यों हुआ वेल आज ही के बारे में बात करने वाला है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना तो so, सबसे पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं डेटोस के चैनल पर हूँ ये मेरा चैनल नहीं है तो so, अगर आप लोग मुझे जानते हो तो बहुत अच्छी बात है लेकिन अगर आप लोग मुझे नहीं जानते तो मेरा नाम वैभव है एंड मेरा एक खुद का दूसरा चैनल जिसका नाम है स्केरी ट्यूब जो जो के सब्सक्राइबर्स हैं अब बात करते हैं कि वाइट एटोस क्रिएट हज यूट्यूब चैनल तो बेसिकली वो अपनी स्टडी पर ज़्यादा फोकस करना चाहता है जिस रीजन की वजह से उसने यूट्यूब को क्रिएट कर दिया अब मेरी उससे बात हुई थी एंड उसने मुझसे कहा था कि वो स्टडी पर ज़्यादा फोकस करना चाहता है और वो यूट्यूब कब आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहता तो बेसिकली मैंने उससे बात करी एंड आई टेक ओवर हज चैनल सो फ्राम नाउ आई एम गो मेक वीडियो ऑन दिस चैनल एंड डेफिनेटली वीडियोज़ बहुत अच्छी होंगे आप लोगों के लिए मैं पूरा ट्राई करूँगा कि मैं चैनल को और अच्छे से ग्रो कर सकूं और यहाँ पर अच्छा कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड करा सकूं तो कंटेंट में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा तो चैनल को अनसब्सक्राइब मत करना और साथ ही साथ अगर आप लोग मुझे नहीं जानते तो मेरे दूसरे चैनल इसके लिए टिप को जरूर चेकआउट कर लेना क्योंकि उस पर आपको मालूम पड़ जाएगा कि मैं किस टाइप की वीडियोज़ क्रिएट करता हूँ सब बस सात ही वीडियो के अंदर इतना लगता है जैसे कि आप लोगों की कन्फ्यूशन दूर हो गई होंगी अगर हाँ तो बस इस वीडियो को लाइक कर देना उससे मुझे मालूम पड़ जाएगा एंड साथ ही साथ मेरे को सजेस्ट करना कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर बनाऊँ